मेरे एवी गुजर की की आवाज में रिकॉर्ड भाई गुरुदेव स्टूडियो जोरा समीम खान जोरा वही अर्षक बिलवाड़ से हो रहा The yeah. air. जवानी झुका ले रही रई पतली कमरी पच लचपच एर पतली कमरिया मेरी लचपच लच्च, पच्च, लचपच एर यी ए कर दो हो रही The world. ते जवानी चौका लही जी के जी मौकूम फल पल आकूम फल पल आवे तेरी यदि टोला पड़